एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास तो माइक पूछ रही है। सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए आप नाम क्यों ले रही हो कहा नहीं नहीं नहीं, आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है घुटने से ऊपर कपड़ा तो आपको क्या प्रॉब्लम है मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं जैनी बाबा वगैरह हमने तो आपत्ति नहीं जताई है सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है इस्लाम में पर्दा है बस जिसका दिल चाहे करे जिसका दिल चाहे ता नहीं करता ना करे हमें उससे क्या मतलब सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है किसी की भी मां बहन बेटी अगर उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चंडी का अगर वो चट्टी पहन के पेंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए मुझे फिर भी एतराज नहीं है आप क्यों अट बद कमी हमने क्यों हुआ सोच बदली है अपनी हमसे बार बार कह रही सोच बदलो अपनी सोच बदलो नंगी घूमी हमें क्या फर्क पड़ रहा है जाइए नंगी घूमिए भाई हमने अपनी सोच बदल ली चमड़ा है चेहरा दिखा सकते हो इसलिए शर्मगा भी दिखा सकते हो हाथ दिखाने का अधिकार है शर्मगा भी दिखाइए कौन मना कर रहा है आपको है। बड़ा बेहूदा नहीं बड़ा गुंडा मोलवी है अजीब सिस्टम है एक बार एक साहब क्या बम्बई पहुंच गए बहुत दिनों की बात है अठारह बीस साल पहले की साहब वो लड़की मेरी तकी सुनने के वो दावत कर गई मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पर मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी अठारह उन्नीस साल की बीस साल रहा होगा अब वो दावत कर दी तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की अब वो नाश्ता ले अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा वो लोअर ओवर होता नहीं है बिल्कुल टी शर्ट वगैरह से पहन के नाश्ता लगाने लगी मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे नाम नहीं बताऊंगा जैसी नाश्ता करके रखी मैंने कहा सिस्टर सुनिए थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता बूढ़े मौलाना थे हमारे बगल में उनकी भी नाश्ते की दावत थी तो वो तो कुछ नहीं बोले लड़की कहती है ऐसा वाट इज प्रॉब्लम मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज्यादा आती आतीवाती नहीं है लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी हमें प्रॉब्लम है हैं? कल की तकी सुनी आपने वेदों के मंत्र सुनाए तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है आपकी दावत करती आप तो पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले डाँडने लगी हमको हम मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं कैसे मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं आपको प्रॉब्लम नहीं हम जवान हमें प्रॉब्लम हो रही है भाई जाइए इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए दूसरे कपड़े पहन के आए भाई उसके बाप से कहा ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए त्रिपावल लड़की बोलती चली कई बहुत ज़्यादा बोल गई मैं सुनता रहा भाई तेरा घर है घर का तो कुत्ता भी शेर होता है सुनते सुनते मैं पक गया मुझे तरक्की करना है मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती हूं मुझे तो बहुत तरक्की करना है बहुत तरक्की करना है अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की तरक्की तरक्की सुन सुन के तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगी मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप बिल्कुल जाना है मुझे कहती पहले जमाने के अंदर हज के लिए लोग चार चार महीने में पहुंचते थे घोड़े का सफर करके ऊंट का सफर करके आज चार घंटे में पहुंच जाते हैं जमाना यह आ गया मैंने कहा आप भी बहुत तेज रफ्तार से चलेंगी मैडम ये मेरा वादा है बिल्कुल मुझे चलना है मैंने कहा पहले जमाने की औरत नौ महीने में बच्चा पैदा करती थी तुम नौ दिन में पैदा करके दिखाओगी मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगे हाई बड़ा बेहुदा मोल भी है गुंडा मोल भी है हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए अजीब सूरत मजाक बना के रख दिया मेरे भाइयों हिंदू धर्म में भी पर्दा है ईसाई नन्हें भी पर्दा करती हैं आप देख लीजिए ट्रेनों में सर छुपाए होंगी बाल और एक सलीब उनके लटकी होगी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नकाब पहने हुए हैं सब चेहरा छिपा हुआ चेहरा खुला हुआ बस हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थीं कहीं चप्पल फेंक गई कहीं नथुनी फेंक नई कहीं दुपट्टा फेंक गई कहीं चप्पल फेंक गई कहीं कड़ा चप्पल किसकी है लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है सीता की चलो इसी रास्ते से ले गया और आगे दुपट्टा मिला ये दुपट्टा किसका है दुपट्टा भी मेरी भाभी का है का का, सीता का चलो और आगे चलो इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े एक एक चीज कृष्ण शंकर हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली नथुनी तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है ये शायद मेरी भाभी की होगी हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए नथुनी कह रहे होगी तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा क्यों करे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता मेरे भाई की राम की पत्नी है मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला उस पर नजर डालने वाला उसके चेहरे को देखने वाला गौर करो रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है आज तक यह सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की जो 2000 साल पहले लिखी गई है आज तक उसके अंदर यह लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती है तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूगड़ ऐसे मार लेते हैं चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में आज भी सभ्य समाज की उसी के रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करतीं अल्लाह की मार ऐसी पड़ी कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए छिपाओ डालो मास्क अपने मुंह पर बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमरीकन चुड़हैल जैसे मुंह ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि ये मेरी अम्मा कहाँ गई आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है साठ साल आपको यकीन बता मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको साठ साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुरका और खूबसूरत बुरका डिस्को बुरका फूल उल चढ़े हुए अब साठ साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है बुरखा देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा इतना खूबसूरत था वो नौजवान उसका पीछा करने लगा चलने लगा इसने इस मुड़के देखा कोई लड़का मेरा यह समझा कि धीरे धीरे चल रही है शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी कमजोरी की वजह से लड़का समझा हाइन दे रही है थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा लड़का और औरत वो बुढ़िया समझ गई कि कमीना मुझे मेरे पीछा कर रहा है तो उसने नकाब खोल दिया खूबसूरत नकाब बोल बूढ़े लगे नकाब खोल के बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं का, का बखत, दो, दो घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुकी हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुया तो लड़के को भी गुस्सा आया कहने लगा रे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे सोचा कुछ तो कह दू इस बुढ़िया को है? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत पहन के जा रही है फूल सजे हुए लड़का सोचने लगा जब बुरका इतना खूबसूरत है तो बुरके वाली कितनी खूबसूरत होगी लगा उसका पीछा करते हैं लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा हर पड़ी हबीस अल्लाह के रसूल अरे तल हम या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या, क्या ख्याल है क्या मैं देवर से पर्दा करूं एक ही घर में होते हैं देवर और जेठ का आना जाना रहता है हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है आए अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं अल्लाह के नबी का जवाब यह था हाँ, हाँ दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए अलहम मौत देवर तो भाभी के लिए मौत है देवर तो भाभी के लिए मौत है जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है आज हमारी औरतें हमारी मां बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं जो मजाक शोहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं और एक हम हैं चलो है भाभी को घर पहुंचा दो अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है ससुर कह रहा है बेटा साली को जरा स्कूल छोड़े जाओ मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया सऊदी अरब का वाक्य सुने हो ना जद्दावाला एक औरत बिचारी दर्द से कराह रही थी दर्द से और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बिचारा उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था जल्दी से औरत आई उसके पास देखिए मुझे दर्द ज़े हो रहा है बच्चे की पैदाइश की तकलीफ़ ज़रा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना ड्राइवर ने देखा टैक्सी ड्राइवर ने उसने कहा भाई कई औरत परेशान है पेट भरा उसने जल्दी से टैक्सी खोली और बहन बैठो उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुँचा और उसमें एंट्री होती है तुम ले कर आयो हाँ लिख दिया अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए तब हमें पैसा दे जितना हुआ मेरे रियाल उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है अभी वो दो तीन दिन रहेगी आप उसके साथ आए हैं इसने कहा जी कहा ठीक है उसको एडमिट कर लिया गया है और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें एक दो दिन के बाद आऊँगा देख लूंगा अगर बच्चा अच्छा पैदा अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी डिलीवरी का मामला है जब गुजरूंगा तब ले लूंगा पैसा ऐसा वो चला गया ये घर में जैसे ही लेटा इशा के बाद सोया फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इसकी बीबी -बी ब्रेड और आमलेट बना के लाई टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन नंबर सब लिख दिया था फोन एह फला बोल रहे हो जी भोपाल के रहने वाले थे ये लोग टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में जद्दा में अच्छा तुम या अपने घर पे आराम कर रहे हो का क्या हुआ अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना बच्चा हुआ है लड़का आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है बीवी अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आजी आ गई होती कहा आ रहे हो या मैं पुलिस भेजू तुम्हारे घर जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शोहर था जो यहाँ छोड़ के गया है मैं आ रहा हूं तेरा सत्यानास जाने टैक्सी चलाई और से चलाता हुआ चला गया कह लगा ए? क्या है क्या बदतमीजी है कहा तुम मुझे के चले गए तुम्हें नहीं में कितनी परेशान रोना शुरू कर दिया औरत के आंसुओं भी बड़ी ताकत होती है है वो हैं ये क्या बदतमीजी डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है डॉक्टर साहब नोकझोंक तो सब घरों में हो जाती है थोड़ी सी लड़ाई हो गई छोड़ के चला गया